मौत हो जाएगी इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण ऐसी जोड़ा जाता है बहुत से पजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछलता रहता है जगन्नाथ मंदिर से जब यह रथ यात्रा निकाली जाती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। क्या है इस मंदिर से